राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस्फिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रसफिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो रस करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो <च्छे> भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे राधे जपा करो जग जानी सब सब जग जानी। सब जग जानी जानी राधा रानी है महारानी मेहमान की सब जग जानी सब जग जानी मेहमान सब जग जानी राधे चरणों में प्रीति किया करो करो चरणों में शीस झुकाया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस रसिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस रसिया रण तिहारी तुम कृपा से मिले बिहारी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 ल छवि पे बली जाया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो नाम करो राधे